क्रिस हमारे बाबू है और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत ही मेरा वेलकम टू येबर है मुकेश एम पे चैनल दोस्तों स्वागत करता हूँ गाइस ये देख सकते हैं ये सारे जम्मू में आया हूँ तो सब्सक्राइबर हैं है देख सकते हैं ये की खबरिया और ये हमारा क्या नाम है आपका छोटा क्रिस इस, इसका नाम है और इसका क्या नाम है क्या नाम है <laughs> हंसराज ना, ना, हंसराज नाम है इसका भूल गया और इसका नाम इसका नाम इसका नाम है देखो देखो सोरिया को लाइक सब्सक्राइब और पसंद आए तो मेरे ब्लॉग और ज्यादा ज्यादा फेमस हो गया है